ना ही अवध में ना मथुरा में ना हर कासी रे दुनिया खोज दुनिया खोजे घाट घाट हर घट घट वसी रे सुख राी रे दुनिया को जे घाट घाट हर घट घट वासी रे हर दुनिया को जे घाट घाट हर घट घट वासी रे माही बेकल हिरना बूझ नाही हरियो ही घट माही समाए, मन मोरख पहचान न पाए अज्ञानी अंतर प्यासा दृष्टि भी प्यासी रे दुनिया खोजे घाट घाट हर घट घट वासी रे दुनिया खोजे घाट घाट हर घट घट वासी रे जोग जुगत कछु का मे ध्यान धरे तो पा घाट हरि घट घट वासी रे दुनिया तो ये घाट घाट हरि घट घट वासी रे छू हाथ न आए तर्क करे सो तो जन्म गमाए श्रद्धार विश्वास के पाओ चले सो तो पहुँचे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 घाट घाट हरी घट घट वासी रे दुनिया खोजे घाट घाट हरी घट घट वासी रे